स्टेट में ही माल कर सकता स्टेट में नहीं करूंगा अगर अगर में करता हूं, जैसे अपना लगता है, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट को सबसे बड़ा लॉस हुआ फर्स्ट जुलाई दो हजार सत्रह को जब रेस्टोरेंट मतलब जीएसटी आया था रेस्टोरेंट को बोला था रेगुलर स्कीम में भी सकते हो क्योंकि तो काफी सारे होटल्स तो हो, ये वगैरह लग्जरी होटल्स को हो, तभी भी उसमें डाला हुआ है इन्होंने क्या किया जैसे लेकिन गवर्नमेंट ने यह बोला कि भाई आपको वो इनपुट मिल जाएगी जो भी आप सामान लेकर आओगे लेकिन आपको जो सब्जी वगैरह जो भी आप दे रहे हो कंज्यूमर के लिए तो वो आपको सस्ती करो उस चीज के लिए जैसे रेस्टोरेंट पहले अठारह लगाया था टैक्स स्टार्टिंग में फर्स्ट जुलाई दो को जब आया था ठीक है आप उनको बोला कि आप जो भी सामान खरीद के आ रहे हो सब्जी पर तो खेर टैक्स नहीं है कि का सामान लेकर आ रहे हो फिक्स लेकर आ रहे हो आपको इनपुट क्लेम करो आप खाना खाने गए वहाँ आपने खाना खाया पांच सौ रुपये का जो भी खाया किसी भी रेस्टोरेंट में तो उसने अठारह परसेंट टैक्स लगा दिया तो नब्बे रुपए उसमें गए गवर्नमेंट गए था कि भैया हम आपको जब इनपुट क्लेम कर रहे भाई आपको इनपुट मिल रही है और टैक्स कंज्यूमर से ले रहे हो तब सब्जी से सस्ती करो ना जो चीज आप सौ रुपये की दे अस्सी रुपये की दोनों चीज के लिए इन्होंने नहीं किया दो महीने बाद अमेंडमेंट लेकर आए सभी को डाल दिया कंपोजन में अब आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगी और बोला पांच टैक्स दो एक सितम्बर तो दो हजार सत्रह को वो अभी भी रेस्टोरेंट वाले लॉस में जैसे कोई भी रेस्टोरेंट होता है बीस लाख जो जमेट। जैसे किसी रेस्टोरेंट को अगर जोटो में रजिस्टर करना तो उसे जीएसटी मैंनेट्री है उसके बिना उसका रजिस्ट्रेशन हो कॉमर्स हो गया कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा ई कॉमर्स में अपना माल सोल्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसके उसको रेगुलर लेना ही होगा तो रेस्टोरेंट वाले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा की इनपुट भी क्लेम नहीं हो रहा और जो भी हम खाना जो भी हमसे करेंगे ऑनलाइन भाई कैश में तो कोई नहीं दिखाता आजकल कैश में सब अपने जेब में रखते हैं जो भी सोल्ड करेंगे सरस पार्लर हुआ आपका पास भी था तो मेरी आ, वो ही हुआ था कि आपको जो भी सोल्ड करना था मैं पांच परसेंट टैक्स देना पड़ता था तो सबसे बड़ा लॉस होता है क्योंकि तो हम कॉफी वगैरह लेकर आते हैं उस पर अठारह परसेंट टैक्स है अठारह वो और पांच परसेंट मैंने आपसे लिया तो तेईस परसेंट टैक्स देना पड़ता था और इसलिए कम्पोजिशन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये इसमें रेगुलर मैं पहले यह था कि सर्विस और ट्रेडर्स को 20 लाख से ऊपर लिमिट डाली थी इन्होंने अगर जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी तो, तो लेना ही होगा रेगुलर में लेकिन अभी जो रिसेंट जैसे आपका किराने वाला हुआ किराने की बीस लाख से ज्यादा की सेल हो जाती है नॉर्मली आपको किराने वाला की बीस लाख से ज्यादा की सेल हो जाती है नंबर एक में बीस लाख रुपए से उसके लिए इन्होंने क्या करा चालीस लाख रुपये डाल दिया ट्रेडर्स के लिए अभी जो रीसेंट लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया तो उन्होंने बोला कि आपको 40 लाख तक अगर किसी कराने वाले का या छोटे व्यापारी का और ट्रेडर का सर्विस वाले का नहीं 40 लाख तक अगर आपका ट्रेडर का है तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी नहीं रजिस्ट्रेशन कराना लेकिन कराना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो माल आप परचेज कर रहे हो तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा वो तो सामने वाले टैक्स नहीं पड़ेगा आपको सर्विस वालों के लिए अभी भी बीस लाख रुपए जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस किसी भी सर्विस से उसके लिए बीस लाख रुपए ये लिमिट पूछ सकता है आपके लिए पेपर में कि सर आपको बीस लाख लिमिट कब है चालीस लाख के लिए किसके लिए है 20 लाख पे सर्विस पे 18% है आपका टैक्स फिक्स है एस जी एस टी और एस जी एस टी लग्जरी सर्विस पर सभी पर 28%, पर कुछ लग्जरी सर्विस हो गई आपकी होटल जो फाइव स्टार है जो रूम uh, 1000 से ज्यादा एक लिमिट बना रखे एटीन परसेंट है एसी हुआ लग्जरी में आता है कार हुई आपकी लग्जरी में आते हैं क्योंकि भाई पैसे वाला खरीदेगा इन चीजों को हम जैसे तो नहीं खरीदेंगे गरीब लोग तो लग्जरी में 28% सीमेंट पे 28%, सबसे जिस पर 28 आपको होता है, सीमेंट पे सबसे है है। जो लगज है ना आपकी उस पर ट्वेंटी बोला कि भाई को लोअर कैटेगरी छोड़कर तो बोला की आप लग्जरी पे दिया टॉपिक आपका Time value of supply of goods, हाँ. प्लेस क्या रहेगा आपका ये क्वेश्चन बन कर आ सकते हैं प्रैक्टिकल वाले हुआ कि जैसे 50,000 से ऊपर का अगर माल आप गुड्स बेचते हो राजस्थान में कहीं भी तो आपको ईवीवेल की जनरेट करने की जरूरत होता है दूसरी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो फिर भी आपको ईवीवेल देना पड़ेगा अगर आप नंबर एक में दे रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई जैसे हुआ कंपनी आपकी राजस्थान में ठीक है महाराष्ट्र की कोई किसी कंपनी का ब्रांच आपकी राजस्थान में है आपको एक आईएसपी होल्डर का एग्जांपल लेते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस हुआ या कोई भी आईएसपी होल्डर हो जिससे आप जैसे आप घर में भी यूज करते हैं ब्रॉडबैंड वगैरह ठीक है उसी कंपनी राजस्थान में जयपुर में उसका हेड ऑफिस है वो अपनी सर्विस राजस्थान में ही देता है अदर स्टेट में नहीं देता तो उसी जी जीएसटी लगाएगा सर्विस दे रहा महाराष्ट्र में कोई कंपनी है जैसे आपके रिलायंस का हेड ऑफिस महाराष्ट्र में उसकी कोई ब्रांच यहाँ खोली हुई है राजस्थान में या तो वो जीएसटी लेगा यहाँ का नहीं लेता है तो वो उस जीएसटी को हमको देगा कि भाई जीएसटी में में रजिस्टर्ड है है है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं जो बिलिंग क्या क्या मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई हो हो रही है? में हो रही राजस्थान तो मैं बिल पे आईजीएसटी नहीं ये एक्स है जो राजस्थान का है ठीक है है इसका जीएसटी राजस्थान में रिलायंस कंपनी का हेड ऑफिस आपका है महाराष्ट्र में उससे खोली हुई है छोटा सा ऑफिस है मतलब टेम्परेरी बेसिस पे आ, सा, एक साल के लिए ठीक है वो बोलते हैं सर मेरे को इंटरनेट सर्विस चाहिए ठीक है दे देंगे आपने आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे दिया ठीक है महाराष्ट्र में 27 से स्टार्ट होता है जो कोड है वहां का महाराष्ट्र में अपना राजस्थान का 08 है ठीक है तो उसने जो 27 27 देखते ही मैं सोच कॉपी महाराष्ट्र का दिल्ली का 07 है गुड़गांव जीरो कुछ है 06 है जो भी है 27 देखते ही मैंने ठीक है सर वो है। बिलिंग की मैंने बिलिंग पर मैंने आई नहीं करूंगा सर सी जी लिखूंगा मैंने हजार रुपए का प्लान दिया उसके लिए सी जी किया ग्यारह साल बिल दे दिया अब मेरे को रिलायंस वाला जो यहाँ का बंदा है वो कहता है सर मेरे मेरे को को लगा कर दो मेरे को तो यहाँ इनपुट ही नहीं मिलेगी मेरे को कोड ऑफिस जीएसटी पे, पे अपडेट कर दूंगा जो भी चढ़ा दूंगा लेकिन इसको इनपुट नहीं मिलेगी हाँ वाइट ये वाली ठीक है उसको इनपुट नहीं मिलेगी रीजन मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ दिया है राजस्थान में महाराष्ट्र में नहीं दिया मैं उसका बोलूंगा राजस्थान का मेरे को वो दो दो रेश्ट, रेश्ट रेश्ट सर मैं तो एक साल के लिए आया हुआ मैं तो मैं तो फिर मेरे को बाइडअप कराना पड़ेगा तो सर मैं आपको नहीं दूंगा अगर मैं उसको आई लगा के देता हूँ तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई में महाराष्ट्र में नहीं दे रहा मैं राजस्थान में दे रहा हूँ जहाँ दे रहा हूँ तो वहीं का तो सीजे भाई इसमें गवर्नमेंट लॉस हो जाएगा रेवेन्यू लॉस कैसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी भाई सब सप्लाई तो आप यहाँ जा रहे हो देरो तो पूरा पैसा गवर्नमेंट क्योंगी भाई आई जी एस होते ही सारा पैसा सेंट्रल पास सर, जाए। जैसे ये ये से देता तो सर तो मेरी ब्रांच महाराष्ट्र में ही नहीं है ना आप बताएं बताएस महाराष्ट्र है ब्रांच राजस्थान से तो सप्लाई नहीं दे रहा मैं एक, मैं एक एक एक एक्स आप एक हैं एक्स मैंने इंटरनेट सर्विस देता हूँ मैं मेरी कंपनी है स्काई लाइन ये तो रायथान में अगर मैं आपको रायथान में सीजीएसटी लगा दे दूंगा आप बीटूसी हो बीटूपी हो मुझे कोई मतलब नहीं है हुआ तो आपको इनपुट मिल जाएगी CGS, CGS में मतलब कर सकते हो बीटूसी का कोई मतलब नहीं खाते में के में। है गवर्नमेंट जाता पैसा वो कोई ऑफिस मतलब को को तो. में समझो बात को महाराष्ट्र में गुड़गांव ही हो पास थी, पास, है? उसकी यहाँ ब्रांच खोलिया ब्रांच ऊपर ले सकते है रिलायंस लिमिटेड है वो हर स्टेट में अपना जीएसटी नंबर ले सकती है अगर हर स्टेट में लेगी तो मेरे को अपना राशन का जीएसटी नंबर दे देगी तो उसको इनपुट मिल जाएगी तो उसका मैं सीजीएसटी जी जीएसटी क्लेम करूंगा तो वो राशन वाली रिटर्न जब आपकी भरेगे भर देगा लेकिन वो कहता है कि मैं तो यार एक साल के लिए आया हूँ मेरे को क्या करना है? फिर मेरे को बंद कराना पड़ेगा अभी मैं खुलवा भी लेता हूँ तो जीएसटी नंबर राशन ले लेता हूँ तो आप ऐसा करो हम एड्रेस प्रूफ के लिए क्या होता है बड़ी कंपनियों कोई भी कंपनी होती है ना वो जीएसटी रजिस्ट्रेटर मांगती है दो भाई आप या दे दो या एम का दे दो या शॉप एक्ट दे दो तो उसने जीएसटी वाला दे दिया ठीक है उसको 27 से आया नंबर अब मैं जी, बिलिंग तो तो जीएसटी पहुंचेगा पहुंचे वो जीरोगा सर अदर स्टेट के लिए अगर जब वो क्लेम करेंगे तो आईजीएसटी होना जरूरी होता है तो क्लेम कर सकते हैं रास्ता में देखो तो मैं आई जीएसटी क्यों लगा के दूसरी आई जीएसटी जब दूंगा गुड़गांव में होती महाराष्ट्र में होती तो मैं गवर्नमेंट का मैं अदर स्टेट में दे रहा हूँ अशोक गहलोत जी कहते हैं कि भाई आप सर्विस यहाँ रास्ता में दे रहे हो आप अदर स्टेट में दे रहे हो तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दो मुझे कोई मतलब नहीं है जब सप्लाई यहाँ दे रहे हो तो मैं तो पैसा लूंगा ना भाई हज और बोडाफन वाले केस में यही हुआ था वो कहते गवर्नमेंट सेंट्रल गेंट साहब आपने यहाँ बिजनेस किया करोड़ों रुपये का सप्लाई सब कुछ हेड ऑफिस यहाँ आता आपने जो डीलिंग कर ली सोल्ड सेल की तो आपने आउट ऑफ इंडिया कर ली वो सारी तो वो कहती सर हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ था ऑस्ट्रेलिया यहाँ तुम्हारी तो ब्रांच खुली हुई थी जो भी एक सब खोली क्योंकि तो आईजेंसी लगता है यहाँ जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगता है ना आउट ऑफ इंडिया आईजेंसी लगता है तो हमारे जो हेड ऑफ एजेंसी वहां था तो उस पर काफी सारा केस चला था कि आपने इंडिया का बिजनेस हज से बोडाफंड में बेच दिया तो अब इस पर मेरे को टैक्स कैपिटल तो गेन अराइज हुआ था उस पर भैया आपने बीस हजार करोड़ कंपनी चालीस हजार तो गवर्नमेंट कहती है मेरे को कैपिपिले तो गवर्नमेंट कहती हम क्यों कैपिले थे मैंने इंडिया का बिजनेस आउट ऑफ इंडिया बेच दिया कंपनी टू कंपनी क्योंकि तो बोर्ड फोन भी ऑफ़ इंडिया की थी इंडिया की नहीं थी तो यहां जो बिजनेस करेगी उस पर हम टैक्स देंगे आपको तो इस पर ही बात हुई थी गवर्मेंट कहती थी सर आपका बिजनेस तो यहाँ था यहाँ का बिजनेस बेच दिया आउट ऑफ इंडिया तो उस पर काफी बहस हुई थी तो इस पर आपको एडजस्ट लगाना पड़ेगा तो उसको यहाँ इनपुट नहीं मिलेगी कोई डाउट है आपको अभी भी बताओ पूछो सर जैसे कोई कोई कंपनी है, है, हाँ। तो पर उनका कोई भी, यानी ऑफिस वगैरह कुछ नहीं हरियाणा में उनके ना ना कोई ना कोई ब्रांच ऑफिस है, है, सप्लाई वर्कर्स यहाँ पर वर्क मिलेंगे उनके हरियाणा भाई बिलिंग का समझो दो तरह बिलिंग दो तरह से होती है प्लेस ऑफ सप्लाई और बिलिंग ऑफ एड्रेस आप कभी भी अकाउंटिंग करोगे ना जो बिलिंग में दो चीज मांगता है प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे यहाँ कंपनी का नाम आ गया ठीक है एड्रेस आ गया कंपनी का जिसको बिल सप्लाई जो भी आ रहा है यहाँ आता है कि बिलिंग एड्रेस जी पेन यूज कर रहा है अच्छा ये होगा होगा तो कि आपने आपने आपने जीएसटी का जो जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस दिया वो गुड़गांव वगैरह का दिया गुड़गांव को आ गया। आ गया गया या हरियाणा के ठीक है प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई आप राजस्थान अब प्लेस पे आता पीओपी आपने सर्विस टैक्स में पड़ा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई तो सर्विस में भी तो है तो वही चीजें सेम भाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आप अगर तो स्टेट में आप दे दोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप कहाँ हो राजस्थान में राजस्थान में दे रहे हो तो लॉजिक कह लेंगे भाई तुम यहाँ पैसा यहाँ कमा रहा है और यहाँ सामने वाला कंपनी भी यहाँ पैसा कमा रही तो टैक्स मैं लूंगी ना दो भाई लॉजिकली सोचो प्रैक्टिकली ये मत सोचो सी छोड़ो मेरा कंपनी में वैसे लेके बैठा हु जमीन को ठीक है सामने वाला आप भी अर स्टेट से काम करने के लिए आगे तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ तू काम कर रहा है पैसा कमा रहा है मेरी स्टेट से तो कुछ तो पैसा देकर जाओगे तो प्रैक्टिकली सोचो इस चीज के लिए बस वही चीज है तो फिफ्टी मेरे को देखिए फिफ्टी परसेंट ले जाए सी का मुझे नहीं चाहिए इसका पैसा हाँ अगर अब मैं हरियाणा में मेरी कोई ब्रांच जैसे मैं राजस्थान का बन जैसे आपको एमेजोन से कुछ सामान मांगो क्लाउडटेल टेल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफी सारे आते हैं आज से छह महीने पहले क्या होता था जो भी सामान मंगाते थे, थे वो आई में आता था राजस्थान में कोरोना के बाद उसने देखा कि राजस्थान में तो बहुत सारा सामान आ रहा है उसका हेड ऑफिस बॉम्बे था तो उसने कहा कि हेड ऑफिस ऑफिस बुड़गांव खोल लिया तो मैंने जैसे सामान मंगाया तो पहले महाराष्ट्र से बिलिंग होती थी जीरो सेवन लग कर ट्वेंटी था मैंने आईजीएसटी लग करा तो महाराष्ट्र से यहाँ बेचा फिर अभी कुछ पहले सामान मंगाया कुछ चीजें क्लाउड टेल के थ्रू भी तो वो हरियाणा गुड़गांव से आ गया जीरो सेवन क्योंकि नोएडा गुड़गांव और दिल्ली कवर हो गया अब कुछ सामान मांगा रायसन में उसने बेरास डाले और रायसन का नंबर ले लिया मुझे फायदा होगा सीजीएसटी एजिस्ट्री में बिलिंग हो गई है हाँ मैं एक क्वेश्चन से आया था सीजीस टी में आपके पास तो आपने कुछ सामान मंगाया बाहर से आई जी एस लगकर आया टैक्स का टैक्स पार्ट बता रहा ये टैक्स बताली प्रिंसिपल एक हजार रुपए का आपके पास आई जी एस लगकर आया बिजनेस मैन हो भी नौ सौ रुपए को मेरे पास सी जी आ गई मेरे पास मेरे पास उन्तीस सौ रुपए की क्रेडिट पड़ी हुई है आई पड़ी हुई है जीजीएसटी है एस है मेरे पास सारी चोस ठीक है इतना सारा पैसा पड़ा अब आप सेल करो कुछ माल इसे क्रॉस कैसे होता है ये तो जैसे आप ये तो आपने परचेज किया अब आप सेल करोगे कुछ भी सामान सेल करोगे जैसे आपने आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है आपने सामान मंगाया एक से जोधपुर से मंगा लिया आपने एक लाख रुपए का सामान और कुछ सामान मैंने दिल्ली से मंगा लिया दो लाख रुपए का ठीक है आपने अपना जीएसटी नंबर दे दिया जो दिल्ली से सामान आया दो लाख रुपये का उस पर आई जी एस टी आया जो आपने जोधपुर से सामान मांगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो में लग कर आ गया आप पर कर अब आप फोल्ड करो बीटूसी को बीटूबी को आपने उनको बेच दिया माल टीवी बेचा कुछ भी बेचा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बिलिंग बना, बनाना जरूरी होता है क्योंकि तो गारंटी के रहता है और मैं भी चाहूंगा सब बिल बनाओ मेरे लिए अदर आइटम जैसे रेस्टोरेंट का हुआ बिल बनाना जरूरी नहीं होता है तो तो कच्ची कच्ची टैक्स बच पच जाता है वहाँ किराने का सामान हुआ वहां भी टैक्स बचा लेते हैं रिलायंस कैश नहीं बचाएगा डी नहीं बचाएगा अब मैंने माल बेचा तीस रुपए का कोई भी जिससे मैंने 18 परसेंट टैक्स लगाया तो 54 हुआ ठीक है जो 54 हुआ है देखो या तो मैंने अगर अदर स्टेट में माल बेचा है तो आईजीएसटी लगा के बेचूंगा मैं आप आए गुड़गांव से अरे यहां सस्ता मिलता रहा है टीवी महंगा मिलता है तो मैं आईजीएसटी बिलिंग कर दूंगा क्योंकि तो मेरी प्लेस ऑफ तो सप्लाई वहां जा रही है गुड़गांव की उसमें या है के माल बेचा है। अब आप को कि आपने तो तो से पे जाओगे यहाँ कितना टैक्स किया हुआ मेरे ट्वेंटी नाइन हंड्रेड आपको पे कितना करना है फिफ्टी फोर हंड्रेड तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा वो आपको अपने बैंक से पे करना पड़ेगा अब आता है सेट ऑफ की बात स्टार्टिंग में आईजीएसटी जब आया था ओनली सीजीएसटी से एडजस्ट हो रहा था बस ओनली एस से नहीं हो रहा था जब में दो जुलाई 2017 को आया था तो गवर्नमेंट ने बोला जो आपने एसजीएसटी कंज्यूमर से लिया है इसको ओनली इसी से, से तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे 1800 हंड्रेड इसमें एसजीएसटी में ठीक है और ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है सीजीएसटी एडजस्टी तो अपनी मनमानी कर ली भाई आई जी एस टी को लो अपना तो घर के दोनों ही आई में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पार्ट वहां जाएगा 27 18 परसेंट और ये भी सी जी एस वहाँ जाएगा लेकिन बाद में अमेंडमेंट आया है कि ठीक है आई पहले सेट ऑफ होगा सी से पैसा आई में और बच जाए तो फिर आपको आई जी लेकिन ये दोनों आपस में नहीं होंगे ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एम में कि आई जी किस किस सेट ऑफ हो सकता है तो पहले माइंड में जी एस टी से होगा लेकिन अभी सी जी अगर पैसा बचे तो आई जेस कर सकते हो इस चीज के लिए लेकिन ये आपस में नहीं होंगे क्यों क्योंकि ये तो भैया दोनों एंटिक हैं आपस तो में लड़ाई करने वाले वो मोदी जी हैं कांग्रेस और बीजेपी मान लो तो आपस तो में सेंट्रल और ये नहीं करेंगे आपस में लेकिन आई जी कर लेगा ठीक है भाई तुम्हारा भी पार्ट है कुछ इसमें तो आप कर सकते हो नहीं है ना सर पेनल्टी फिलेट फीस कैसे समझा नहीं मैं नहीं सर पेनल्टी के लिए तो आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा पैसा अगर आपके पास इनपुट पड़ी हुई है पोर्टल पे और आप रिटर्न पे भरी नहीं आपने जीएसटी की जो भी ड्यू डेट आती है जैसे इलेवेंथ है ट्वेंटी ऐसी सी थ्री बी की और जीएसटी वन की तो इनपुट से एडजस्ट नहीं होगा अलग से, अलग, से अलग से पेमेंट करना पड़ेगा इस चीज के लिए अच्छा एक क्वेश्चन से आता है नील एंड पेमेंट वाले टैक्स वाले थ्री बी जीएसटी आर बन दो ही रेटे में आपकी जीएसटी थ्री बी रेगुलर में है है मतलब, अगर थ्री बी आपकी जैसे डेट होती है इस मंथ की नेक्स्ट ट्वेंटी दो चीज होती है इसमें आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हो या मंथली जो बड़ी जी नहीं वो क्यू आर एम पी अलग है। मतलब क्यू आर एम पी आया है वो इसमें क्या आता है कि अगर जिनका टर्नओवर ओवर डेढ़ करोड़ से ज्यादा का है उनको मंथली ही भरना होगा और डेढ़ करोड़ से कम का टर्नओवर है उनके पास सिलेक्टेड है क्वार्टरली सकते हैं लेकिन जिनमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली है, तो मंथली हो जाएगा आपकी जैसे अभी कौन सा मन चला अप्रैल चल रहा है मार्च खत्म हुआ अभी क्लोजिंग इसकी ड्यू डेट है थ्री वी की ट्वेंटी अप्रैल ठीक है और जीएसटी है थर्टीन जीएसटी वन भी कोई पेनल्टी नहीं है। माल तो बेच दिया लेकिन मेरे पोर्टल पर इनपुट शो नहीं होगा जब तक इनपुट शो नहीं होगा तो वो क्लेम नहीं कर सकता तो उसकी वर्किंग कैपिटल रुक जाएगी इसका प्रैक्टिकल बताऊँ उसको कैसे आपको बताऊ समझ देखो ऐसे ये एक्सेस ये बाई है, ये सेलर, ये परचेजर ठीक है इसने इसको माल बेचा ठीक है हजार रुपये का माल बेचा जिसपे अठारह परसेंट जीएसटी लगा एक सौ अस्सी रुपये ठीक है ये भी जीएसटी में रेगुलर में है बी टू बी है ये भी ये भी रेगुलर में बी टू बी है ये भी। ये भी अगर ये परचेजर बीटू सी होता कोई मतलब नहीं। जैसे हम जैसे जमा है, मत है मुझे को ले नहीं है लेकिन बीटूबी भाई साहब मुझे तो क्योंकि तो, तो मतलब तो, तो मैंने भी आगे माल बेचा तो मुझे भी दो सौ रुपए टैक्स पे करना है वो ये कहेगा रुपए में ऑलरेडी तो पे कर चुका हूँ अगर ये जीएसटी वन नहीं भरेगा फिल्म करता एक्स ये तो उसके जीएसटी के पोर्टल पर शो नहीं करेगा एक सौ अस्सी नहीं करेगा तो भैया सब 200 सौ पे करो आप आज लास्ट डेट हो गई अब यार मेरी एक सौ अस्सी रुपए की डब्ल्यू रुक गई वर्किंग कैपिटल तो कि एक तो बैंक में वैसे ही पैसा नहीं है मेरे पास और मैं एक सौ अस्सी रुपए तो यहाँ होल्ड कर गया ये अमाउंट रिफंड भी नहीं होता बाद में याद रखना गवर्नमेंट कहती है हम सेट ऑफ करेंगे रिफंड नहीं करेंगे वैच में रिफंड का था ऑप्शन सर्जेशन इसमें रिफंड का ऑप्शन है गवर्नमेंट पैसा खा जाती सारा जीएसटी e नहीं करना होता पहले होता था कि आपको बैंक से बॉन्ड लेना पड़ता था अभी जीएसटी एलूटी कर दिया एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जीएसटी के पोर्टल पर जाओ फर्स्ट अप्रैल को हर साल जैसे अभी एक अप्रैल को एक के लिए सभी ने एलूटी ले ली होगी एक्सपोर्ट करने के लिए एलूटी आपने ले एक नंबर जनरेट होता है जो हमारे इन्वॉर्स पे जाता है उस पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ा अच्छा आपने कुछ गुड्स लिया ज्वेलरी का बिजनेस किया एक वन जो भी डिपेंड टैक्स पे नहीं किया लेकिन तो आप उसको परचेज करके लाए तो इंडिया में तो आपने टैक्स दिया है ना उसको आप रिफंड मिलेगा क्योंकि आपने एक्सपोर्ट के उसको आप रिफंड ले सकते अदरवाइज आपने यहाँ इंडियन बिजनेस कर रहे हो और आपकी इनपुट है तो आप उसको रिफंड में। अभी तो तो का बहुत बड़ा का है देखे जाना। देखे जाना कमरे से जाना। तो दूर है बाद में भी कर सकते हो आप रिफंड क्लेम बाद में भी कर सकते हो आप जैसे अभी इसका टॉपिक ले लूंगा जीएसटी क्या बता हूँ थ्री बी थ्रीबी में बीस रुपए पर डे की पेनल्टी है और पचास रुपए पर डे की ये पूछ सकता है आपको बीस रुपए पर डे की पेनल्टी जब आपकी नील की रिटर्न है मतलब आपने कोई बिजनेस नहीं किया लेकिन रिटर्न बना ट्वेंटी रिटर्न नहीं भरी आपने पच्चीस को या जो भी भरी तो आपको बीस रुपए जिसमें दस रुपए तो जाएगा सी में और दस रुपए एस में जाएगा अगर आप कुछ भी आपने सेल किया हो और आपने आ, तो पचास रुपए पर डे की पेनल्टी पच्चीस पच्चीस रुपए लोग क्या कैसे टैक्स पताने की वजह से लॉजिक है जनवरी फरवरी में आपने फेल किया कुछ भी माल ठीक है आप भर नहीं पाए टेक्स प्ले बता रहा जो हम सभी क्लाइंटों के साथ करते हैं आ, पेनल्टी बचाने के लिए नहीं भर पाए बिलिंग हमारी इनवॉइस थी जो जनवरी फरवरी की थी सामने वाले को मार्च उन्होंने कुछ नहीं कहा सर ठीक है भर देना जैसे भी है मार्च में अपडेट आ गई मार्च में जनवरी फरवरी का मैं बिल मार्च ही जनवरी फरवरी की मार्च में भर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा जनवरी फरवरी की रिटर्न मिलकर डाल दूंगा बीस रुपए की वजह से क्योंकि तो तीस रूपए बच रहे हैं भाई टैक्स टैक्सानी यही तो क्लाइन तीस रुपए मार्च में सारे इन्वेस्ट डाल दूंगा तब देखेंगे उसका अभी तो हम बीस तीस रूपए क्लाइंट पर डे के हिसाब से कोई बहुत हाई लेवल है। सामने वाली ले पार्टी ने जीएसटी नहीं लिया और जीएसटी काट के पोर्टल पे शो होता है तो ही मिलेगा अदरवाज नहीं मिलेगा पहले नहीं था ये पहले फर्जीवाड़ा बहुत चला दो साल गवर्नमेंट का बहुत लॉस हुआ था जैसे आप जीएसटी में रेस्टोरेंट नहीं हो ठीक है आप माल बेच रहे हो सर मैं जीएसटी में माल भेज दिया मैंने टीवी दे दीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, दुकान नॉर्मल रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं आपके रिटेलर की आप दुकानदार हो आपने बिलिंग में के दीजिए बी टू सी वालों को सी जी एस हजार का टीवी प्लस 28 लिया प्लस अट्ठाईस परसेंट लिया आपकी जमे छप्पन सौ रुपए चले गए और आपने तो क्योंकि आप रेस्टोडी नहीं हो अब मुझे भी कोई मतलब नहीं था बी टूसी को कि भाई मैं करूँ चीज तो ये तो अभी भी गाँव में होता है कोई भी हो बंदा जैसे चालीस हजार का टीवी लिया आपने और बिलिंग कर दिया आपने सीजीएसट लगा के आप बीटी तो गांव वालों मतलब पड़ा ठीक है भाई अपने है, अपने गारंटी का का होना चाहिए तो तो ये कहता है क्योंकि तो ना तो का मतलब ना इनपुट मतलब तो ना तो मतलब कुछ को काफी सारी नहीं नहीं जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ठीक है आप जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है किस का का करोगा, ट्रेडिंग करोगा। वो जैसे आपको वेयर हाउस करोगे या होल सेल करोगे जो तीन चार टॉपिक्स होते हैं अगर अदर करोगे उनमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं तो स्पेसिफाई करना होता है ठीक है और फिर उसमें एच कोड जनरेट होते हैं एच एस एम कोड जनरेट करने के लिए उसमें लिखा होता है कि टैक ये एच कोड है आप ये चीज करोगे मिनिमम तो है ले लिया क्या करूं जैसे ये अर्बन क्लैबन क्लैब कितनी सारी सर्विसेज है इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बर सब कुछ देता है तो इतनी सारी सर्विस नहीं तो सर्विस, सारे सर्विस कवर हो गई इसके आप अपडेट करना पड़ेगा फिर आपको उसमें मतलब आप तो करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में अगर आगे अगर दो साल बाद कुछ और उसमें उसी जीएसटी नंबर में करना चाहते हैं सर्विस भी तो आप जीएसटी पोर्टल पे जाओ अपडेट करो आपका जीएसटी नया जीएसटी आप, आप, आप ट्रेडर थे अब आप दो साल में सर्विस भी प्रोवाइड कराऊंगा तो सर्विस अठारह परसेंट जीएसटी है अब आप रिटर्न भी भरोोगे उस चीज के लिए तो उनको पता चलना चाहिए आप सर्विस भी दे रहे हो क्योंकि उनको सब पता चल जाता है सर्विस दे रहे हो सीएमपी जीरो एट जाता है रिटर्न आपकी पूछ सकता है कि जी, CMP 02 आपका जैसे हर साल 1 को आ, कोई भी होता है सी कहते हैं इसमें तो वो कहता है कि आप रेगुलर में रहना चाहते हो कंपोज़िशन में रहना चाहते हो तो सीएमपी 02 भरा जाता है हर साल तो पूछ सकता है सीएमपी 08 रिटर्न का फॉर्मेट होता है हर क्वार्टर के एंड होने के नेक्स्ट एटीन को जैसे अभी मार्च खत्म हुआ आपका क्वार्टर अठारह अप्रैल लास्ट डेट है उसके लिए आपको अठारह अप्रैल तक कंपोजिशन स्कीम जो रजिस्टर्ड है उसका सेल जितना टर्नओवर दिखाया जनवरी मार्च में जो आपने सेल किया उसका वन परसेंट आपको जमा कराना पड़ेगा जीरो पॉइंट फाइव सी जी एस टी जीरो पॉइंट उसके बाद अगर आप जमा कराए तो पचास रुपए पर डे की पेनल्टी है उसमें बता आई टी सी इनपुट टैक्स कैसे कैसे लेते हैं हाँ एक चीज और आपके एक कोई है इसे काफी सारे ट्रेडिंग, आ, ट्रेडिंग का भी है ट्रेडर्स भी है सर्विस भी देता है के लिए आता है है ना तो एक करता सर्विस भी देता है अब आप ये कहते हो कि यार ये क्या करता है जो सामान खरीदता है ना आप इसको आपस में एडजस्ट नहीं करते जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस भी चलाता तो तो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है ठीक है इलेक्ट्रॉनिकॉप लिंक जनरेट करके रखे ना ताकि ये दूसरा जीएसटी नंबर ले भी सकता है लेकिन बोला है क्योंकि मेरे को ये लकी रहा है जीएसटी नंबर मैं तो उसी में काम करूंगा रेस्टोरेंट कंपोजिट स्कीम में आता है ये पे 5 परसेंट। ये, अच्छा ये, ये? ध्यान अपडेशन तो तो आया वो मैं अभी छह महीने पहले की रेगुलर में कराना जरूरी नहीं है उनको लेकिन उसमें टैक्स रेट ज्यादा उसकी सर्विस वाला सर्विस वाला ले ले। तो हाँ कंपोजिट स्कीम में ले लेते तो। हो हाँ। वो ना वो रेस्टोरेंट नहीं तो अभी के लिए नया आ गया ना अभी वो मैं बता दूंगा लेंट्रेट परसेंट में थ्री तो थ्री और इसका इलेक्ट्रिक का सामान है जिसमें अठारह भी है फाइव भी है ट्वेंटी एट भी है जो भी रेट लगती है रेस्टोरेंट के लिए सामान लेकर आता है ये कॉफी जिसपे एटीन परसेंट है चेयर से फिक्स सेट भी लेकर आता है कुछ कराने का सामान भी लेकर आता है कुछ भी क्रॉकरी वगैरह लेकर आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लेकर आता है ये तो ये तो अपनी सर्विस जैसे कोई बिल्डर हुआ यूडी वाला वो बोलता है यार मेरे को पूरी बिल्डिंग को पेंट करना है ठीक है कर दूंगा सामान में यूबी वाले का रहता है सारा बस मैं लेबर लेकर आबर का कभी भी सर्वे भाई भाजपा कैजुअल लेबर ले ली मार्केट से दस बंदे उठाए और करा ली और फिर एटीन का बिल दे दिया यूबी वाले को ठीक है और सामान अब क्या इनपुट तो आ गई उसमें आपके पोर्टल पे इसकी भी, भी, तो तो भी, भी होंगे ये ध्यान रखना इसमें रीजन अगर आपको सामान बेच रहे हो और वो उसी से रिलेटेड तो उसी से रिलेटेड आप इनपुट क्लेम करोगे रेस्टोरेंट पे आपने कॉफी पे खरीदा परचेज किया कॉफी परचेज किया कुछ भी सामान पर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ भी आपने परचेज किया और उसका आपकी इनपुट जमा आपने जीएसटी को ठीक है और उससे आप जीएसटी जमा हुआ इनपुट तो नहीं कर सकते हो। तो पर आपको आई टी सी लेने का कोई राइट नहीं है आपको बल्कि फाइव टैक्स जमा कराना तो एक प्रैक्टिकल बनकर आ सकता है छोटा सा इस पर ज्यादा बड़ा नहीं देगा वो की रेस्टोरेंट सर्विस हो सकता है इनपुट क्लेम कर सकते नहीं सकते तो भी, भी इनपुट का पड़ी है पोर्टल पे भी ये लोग है ना वो तो रिफंड तो होने वाले नहीं है आप बिजनेस नहीं तो नहीं करोगे तो तो जो आप बंद कर करो तो आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो मंथली रिटर्न तो मिलेंगे अगर आप सेल आपकी जीरो है समझो सेल आपकी जीरो है तो मिलकर रिटर्न भरनी पड़ेगी वो बोले यार बिजनेस नहीं चलेगा और आपकी इनपुट पड़ी होगी लाख रुपए की तो वो लैप्स हो जाएगी अगर आप बंद क्लोज करते तो वो रिफंड नहीं होगी आपकी इस चीज आता हाँ डब्ल्य तो बता रहा था अभी अमेंडमेंट आया था दावी दावी दावी वालों के लिए मतलब ओनली सर्विस वालों के लिए ये कहता है कि अगर आपको पचास लाख से कम का टर्नओवर है कुछ लिमिट है सत्तर लाख पचास लाख की अगर आपका टर्नओवर ओवर पचास लाख मतलब वर्क पॉन्टेट वो बोला की आपको रेगुलर में रजिस्टर्ड होना जरूरी है आप कंपोजीन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि अगर वर्क पॉन्ट्रेट बंदा भाई वर्क पॉन्ट्रेट मैंने लेबर का मैंने इनपुट तो कुछ लिया नहीं दिया नहीं और कम्पोजन स्कीम ओनली वन जमा कराना पड़ता है तो इसमें तो गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो जाएगा तो क्योंकि वर्क ऑनडर एक एक करोड़ के होते हैं कोई दस बीस हजार का तो होता नहीं है तो इसे फ्लैट एटीन परसेंट टैक्स रहता है ठीक अब वर्क ऑनडर वाले बोलते हैं सर हमसे पचास लाख हमारा टर्नओवर कम है बीस लाख से ज्यादा है लेकिन पचास लाख से कम है अगर बीस लाख तक है तो आपको रेस्टोर करनी जरूरत नहीं है बीस लाख तो हमें हम अट्ठारह का बहुत ज्यादा हो रहा है इसके लिए ठीक है तो आपको सिक्स परसेंट में आगे इसमें कंडीशन डालिए एक तो आपको इनपुट किसी चीज नहीं मिलेगी पचास लाख से कम का टर्न होना चाहिए तो ये कंडीशन अभी आया ये दिसंबर में भी छह महीने पहले आए लास्ट ईयर कोरोना के जस्ट में तो ये अपड्रेशन पूछ सकता है तो इसमें आपको सब का मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम में कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये हो नहीं। scheme... और उसमें में काम नहीं करेगा बंदर स्टेट में करेगा बंदा। तो फिर रेगुलर लेना पड़ेगा वर्क काम बीस लाख तक तो कोई जरूरत नहीं है अगर बीस लाख से कम का भी है ना बंदा और वो अदर स्टेट में काम करना चाहता है तो उसके लिए भी इसको मैंडेटरी कर दिया जीएसटी लेना ठीक है अब आपका टर्नओवर ओवर चालीस लाख रुपए का वो बोलता है ठीक है मैं चालीस लाख का मैं इसी स्टेट में काम करना चाहता हूं बाहर जाना चाहता नहीं तो कम्पोजिश में ले लेता हूँ क्यों वैसे अठारह परसेंट लेता हूँ सामने बिल्डर को भी डॉस होता है इसमें बिल्डर ही कहता है आपको क्यों ये तो क्या है सौ रुपये प्लस अट्ठारह का बिल बना दे देगा सामने वाले को बिल्डर को बिल्डर को बिल दे दिया इसमें इसकी जेब से कुछ नहीं लगा मेरे तो मेहनत का पैसा सौ रुपए भाई मैं तो आज भी सौ रुपए ले रहा हूँ लेकिन जो टैक्स 18 रुपए बिल्डर से लोगों में गवर्नमेंट जमा करा दू मेरे जैसे कुछ नहीं लगा बिल्डर कहता है भाई में आ जा छह परसेंट में काम हो जाए बारह परसेंट मेरा फ्लैट की कीमत हो जाएगी। भाई मैं देखो कही क्या होता है नंबर दो मैं कर लेता ना बिल्डर भी आप टैक्स पे समझो ना जैसे मैं बिल्डर हूँ बिल्डर में मैंने कह किया मैंने तुमसे पेंट काम करा फर्नीचर काम करवाया ठीक है फर्नीचर वाले पास जिसमें मन नहीं देता छोटे वालों के पास मटेरियल दे दिया कंडीशन हो जाती भी ही है मुझे कोई मतलब पड़ी हो हुई है। कोई दस बिल्डर एक यूबी वाला बहुत बड़ा बिल्डर हुआ इसके बहुत सारे तो तो बहुत सारी इनपुट पड़ी हुई है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाए स्लैट की तो मेरी बारह परसेंट से काफी सारा पढ़ा हुआ है पर इतना नहीं पूछेगा बस ये पचास लाख रूपए रेट क्या था। था। काम नहीं है इसकी पचास लाख और ये लिमिट पूछ सकती हो जाती है फिर बाद में नहीं इसमें तो मैं तो टैक्स प्लानिंग बैठ बता रहा हूँ जनरल नॉलेज मिले सोच तो हम सोच सकते कि ऐसा हो जाएगा ऐसे नहीं बन अच्छा इस साल तो इस साल पोर्शन बहुत ज्यादा आईडी का 70 पोर्शन दे दिया कस्टम में बहुत सारा ब्रीफ दिया बहुत ज्यादा दे दिया अभी जो नंबर से तो, तो इसमें क्वेश्चंस कितने आते तुम्हारे डेट बैठे लास्ट ईयर के तो तो पेपर के तक फिफ्टी डी टी एडिटी दोनों में एक नंबर का एक ही हो दो नंबर का हो गया तीन नंबर का पच्चीस नंबर के आधा नंबर के लिए इतना और नेगेटिव मार्किंग तो उसमें भी आधे नंबर में क्या काटोगे बचेगा नहीं उसमें बेचारे मैं तो कुछ भी मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं ज्यादा डीप मैं खुद ही कर रहा हूं आपको भाई में आप ज्यादा घुस हो ना तो आपको यही सब्जेक्ट तो पास नहीं करना आपको काफी सारे सब्जेक्ट के साथ बीच में तो बेसिकली प्रैक्टिकली मैं जैसे बीच बीच में बोल रहा हूँ पूछ सकते हैं तो इस पे आप फोकस करो तो चीज के लिए तो जैसे तो, तो, मैं आपको एमसीू क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा इसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ सी जी एस टी एस टी में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हर कोई करा सकता है इंडिविजुअली कंपनी वगैरह जो भी नॉर्म्स होते हैं जैसे इंडिविजुअल पर्सन को एड्रेस प्रूफ सबसे बड़ा चाहिए रेंट एग्रीमेंट मालूम आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डीट होती है जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो चाहिए आपको क्या बिजनेस करना है तो आपको डिटेल देते फर्म का नाम जो भी आपको है तो विद इन फिफ्टीन डेज में हाँ कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन कराना है हाँ ऑनलाइन पोर्टल पर होगा कोई मैनु, सब मैनुअली बंद हो चुका है इस चीज के लिए पहले मैनुअली होते सारे काम आ जाओ डिपार्टमेंट पैसे दो धोके आओ फिर वो रजिस्टर करेंगे अब सब बंद हो गया और कंपनी के लिए कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो उसके लिए आप डायटर्स की रिपोर्ट्स एम ओ रजिस्ट्रेशन आर जो भी इसके नॉम्स होते हैं चले जाएंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताई दिया इसके थ्री बी ओर एक होती है एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न जाती है आपकी ईयरली और एनुअल रिटर्न जैसे अभी 19 बीच की जो खत्म हुई है लास्ट ऑडिट की, की, दो, दो तो की पहले लिमिट दो करोड़ की थी पांच करोड़ कर दी ये पूछ सकते हैं तो रिटर्न अभी भी दो करोड़ है ऑडिट की पहले दो करोड़ थी तो अब पांच करोड़ हो गई है तो आप पूछ सकता है कि ऑडिट की लिमिट क्या है आपकी अभी तरह हाँ अब तो ऑडिट खत्म कर दी सॉरी ऑडिट अब खत्म कर दी पहले पांच करोड़ की लिमिट थी कि पहले दो करोड़ डाली फिर पांच करोड़ की है पांच करोड़ से ऊपर वाला जिनका टर्नओवर को ऑडिट होना मैंडेटरी है लेकिन अब ऑडिट बिल्कुल अबोलिश कर दी लोग खत्म ही कर दिया ऑडिट करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि तो बड़ी बड़ी जो कंपनी जो रिलायंस हुई अडानी ग्रुप हुआ इनमें काफी सारा झोलमाल हुआ है ऑडिट में सारा पकड़ में आएगा आप कराना चाहते हो तो कराना जब पड़ता है अगर दो करोड़ से ऊपर के इसमें क्या एडजस्टमेंट होते हैं आपने पूरे साल में थ्री बी और वन में थ्री बी में और वन में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है आपका सेल में थ्री बी में आपने जो टर्न ओवर देखा है उस पर टैक्स पे किया जीएसटी तो जीएसटी करने का मौका देता है, कि आप इसमें कर दो। अगर कम जमा है तो वो टैक्स पे कर दो पेनल्टी उस टाइम पे नहीं लगेगी जब असेसमेंट होगा रिटर्न का तो ए निकाल के देखा सर आपने इतना लेट जमा कराया तो आपको इसमें पेनल्टी लगेगी जीएसटी नाइन में जीएसटी 9 में काफी सारे जैसे क्रेडिट नोट हुआ डेबिट नोट हुआ डेबिट नोट हुआ या कोई इनपुट आपसे रह गई वो मैच कर सकते हो या हमारी कम इनपुट क्लेम किया हमने एक्सपोर्ट किया कुछ भी डिफरेंस आ रहा हो आप कर सकते हो दूसरी चीज कार हो, कार होती है कार पे है ना अट्ठाईस टैक्स है तो कभी भी इनपुट नहीं मिलेगी ध्यान रखना अगर आपका बिजनेस जैसे जिंदल स्टील हुई जिंदल स्टील का बहुत बड़ा प्लांट है स्टील का उसके अंदर गाड़ी यूज होती है सामान ले जाने के लिए इं, इंटरनल फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी गाड़ी होती है नाइट स्टील की उस पर आपको इनपुट मिल जाएगा क्यों? किसका? त्रड़ीरे त्रड़ीरे त्रड़ीरे त्रड़ी। उसको मिलेगी ना जैसे मैं मेरा बिजनेस बिजनेस कोई भी कंपनी का हुआ नॉर्मली और मैं कार खरीदली और मेरे पास अट्ठाईस जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हुआ और वो कार खरीदता तीन तीन लग्जरी कार तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा नहीं उसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के अंदर काम आने वाली छोटी छोटी गाड़ी होती है ट्रक वगैरह वैसे जो सामान को एक दूसरे से कैरी करके ले जाती है तो उनके लिए मिल जाएगा अदरवाइज नहीं मिलेगा तो क्योंकि गवर्नमेंट को तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बिजनेस के अंदर अरे यार अरे 30 ट्वेंटी परसेंट यूज करिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम अगर कंपनी काम कर रहा हो वो बोलते मेरे को वॉशिंग मशीन लगा वो कंपनी अगर आपने वॉशिंग मशीन करी थी वो आप भी तो आप इनपुट ले लो लेकिन जब वो असेसमेंट होगा ना जब बोलेगा भाई सब तुम्हारे वॉशिंग मजीन क्या काम आती है सब मैं तो अपने कपड़े धोता हूँ घर पर नहीं तुम्हारे आपने गद्दे मंगवा लिए था फैक्ट्री के नाम से कंपनी में अबे गद्दे क्या करे सोएगी लेबर क्या करेगा काम करेगा इनपुट तो ले ली एटीन परसेंट गद्दों पर वगैरह पे तो दो दो ये चीज डिपेंड करता है की आप हाँ जिस नंबर का इनपुट के लिए मतलब बाद में आपको पेनल्टी देते करनी पड़ेगी इस चीज के लिए तो काफी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर एक होता है रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी है वो टैक्स पे करेगा जैसे गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी हुई ये अगर वो खुद जमा कर तो अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा पहले आप पे कर दो फिर उसको नीचे क्लेम कर लो इनपुट आई टी से ले लो उस चीज की तो एक रिवर्स बैक होता है ये चीजें स्कीम वालों के लिए अकाउंट में ये जो रेस्टर्ड होता है ना बंदा उससे कम परचेज करना पसंद करता है वो बीटू सिंह बेचता है बीटूवी वाला कभी परचेज नहीं करेगा अरे भाई तेरेज कर क्या करूंगा इनपुट नहीं मिलेगी मैं क्या करूंगा करके मैं को इनपुट ही नहीं मिलेगी चैन खत्म हो होगी ना ब्रेक हो गई उसकी चैन तो तो वो किसको बेचता है बीटूसी वालों के लिए तो उसे कोई मतलब नहीं है बीटूसी वाला कोई मतलब ही नहीं रखता मैं तो चार लाख इसलिए लेख के मेरे को जीएसटी मैन्यूटी इसलिए ले रखा है की मेरा टर्न ओवर लाख से ऊपर है ठीक है भाई मेरे को जरूरी है भाई बीस लाख से ऊपर जाते ही आपको दो आ जाते हैं ऑप्शन या रेगुलर में जाओ या कम्पोजन में जाओ नंबर एक में अगर बीस लाख से कम का दिखाते हो तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न में वही टर्नोवर दिखाना पड़ता है जैसे आपको लोन वगैरह लेना है कुछ आपको इनकम अच्छी तरह भरनी पड़ती है ना इसके लिए अब आप दिखाओगे टैक्स जॉब वर्क जॉब वर्क का टॉपिक बहुत अच्छा जॉब वर्क कौन होते हैं जयपुर में बहुत सारा जॉब वर्क होता है ये कुर्तियों का होता है कपड़ों का होता है में सारा जॉब वर्क ही होता है जॉब वर्क में क्या होता है जैसे आपकी एक फैक्ट्री है यहाँ पे खुद की फैक्ट्री है आप के यहाँ कच्चा माल पड़ा हुआ कपड़ा 1000 peak peak Naruto, के अंदर जॉब वर्क होता है तो फिर काफी सारे लोग पेंटिंग काम करते हैं स्टिचिंग का भी काम करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं फैक्ट्री से गोडाउन से उठ के वहां माल जाता है तो उसके लिए एक क्रिएट होता है आपने हजार मीटर माल दिया सामने वाले उसने मेरे को कितने पीस लौटा के दिए पीस कुर्तियों के जो भी डिपेंड करता है तो होता नहीं है अदर स्टेट में तो, तो किसी को बिजनेस स्टेट कराएगा यहाँ का गुजरात तो भेजेगा नहीं जॉब वर्क कराने के लिए काम कर परचेज कर लेगा तो तो तो जॉब <laughs> तो तो तो तो तो वर्क तो टीडीएस भी करता है इनकम टैक्स में अगर टीडीएसेंट नाइन टीडीएस करेगा टू परसेंट उसका है कहते के हैं तो कंपनी पे तो मैं जैसे ज्यादातर बंदे इंडिजुअली होते हैं जॉब वर्क मेंसेंट काटेगा ना कंपनी पे तो टू परसेंट तो तो है ना फर्म दो तरह से कई लोग क्या कहते हैं फर्म को पार्टनरशिप मानते हैं के, कभी के तो नहीं इंडिविजुअल भी मैंने अपने नाम से फर्म खोल लिया सिंगल शरद यूज हुआ तो मेरे फर्म का वो, तो वो इंडिविजल हो गया फर्म हुआ फर्म का अलग से पैन कार्ड बनता है तो उस पर टी डी एस की लाइबी इस चीज के लिए हाँ वो तो कंपनी में ना कंपनी वगैरह सब कुछ हो गया ना कंपनी जीएसटी हाँ। हाँ। में काफी सारी एग्जिम्शन भी है एक्जिम्शन जैसे आपकी एग्रीकल्चर पे नहीं लगता जीएसटी वगैरह मिल्क पे नहीं लगता ये डेयरी प्रोडक्ट पे नहीं लगता लस्सी पे लगता है लेकिन मतलब नेचर डायरेक्टली दूध पे नहीं लगेगा दूध से कुछ बनेगा बाय प्रोडक्ट जैसे पनीर हुआ दूध छाछ पे 5 आपका। पे आपका आपका टैक्स का आइसक्रीम है 12%. ये रेट पूछ सकता है कि पे कितना हैं। और एक आपका मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर होता है एक एक तो आइसक्रीम का का ये जिसने आइसक्रीम बनाता है और टबैको बनाता है वो कभी भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाएंगे उनको रेगुलर मैडेट्री है ये क्वेश्चन आ सकता है टबैको बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है ट्रेडर हो गया ना वो तो ट्रेडर वो ना पेट्रोल ये जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट है ये भी बैट में ही है ये अभी उसमें नहीं आया है क्या कहते हैं अपने जिसमें नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है क्योंकि अल्कोहल के जो जाते हैं अगर जीएसटी जाएंगे तो तो में क्या आधी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी तो हर स्टेट सबसे ज्यादा वो तो एल्कोल पे है ना तो वो तो उसमें अट्ठाइस में डाला है ना इसको पर बारह परसेंट अलग से जैसे अट्ठाईस कोल्ड ड्रिंक कोल्ड्रिंक पर ट्वेंटी बारह परसेंट सेफ है पर आपकी बहुत सस्ती पड़ती है मात्र बीस रूपए की चालीस की आती है वो आधा लीटर की उसमें कम से पंद्रह रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है जो भी हमें हार्मफुल होते हैं ना हमारे लिए सभी टैक्स गवर्नमेंट कम से कम यूज करें लेकर का आपकी जो बियर अभी एक सौ की हो रही है मात्र से 20 रुपये कास्ट है आपका यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो मेरे क्लाइंट ही हैं तो वो बोलते हैं 20 से 30 रुपए आती जा है लेकिन गवर्नमेंट के अस्सी रुपए की रेवेन्यू वहाँ जाती है गवर्नमेंट खाते की तो पड़ती है तो इनको जो वो होते हैं ठेके उनको मात्र बीस रुपये मिलते हैं बियर की बोतल में और आपको सत्तर अस्सी रुपये मिलते नहीं बीस रुपये की कॉस्ट आती है अलवर से भिवाड़ी में प्लांट है वहाँ से फिर सौ रुपये इनको बचे जाता है नब्बे सौ रुपये की जिसमें अस्सी रुपये का जो मार्जिन है वो गवर्नमेंट खाते में जाता सबसे ज्यादा और इनको मात्र बीस से तीस रूप मिलते जो सबसे ज्यादा आठ रुपए तो सबसे ज्यादा चार रोज हो जाते भाई जल्दी जल्दी बेचो उनको जितनी ज्यादा बेचोगे तो पे है। हाँ लग्जरी कार पे इसलिए लगाया वाला खरीदेगा एसी कौन लगा ए देखो मैं तो नहीं लगा कलर से काम चलास एसी पर ट्वेंटी हाथ ही पालो लेकिन खर्चा भी पालो वही तो बिल्कुल पता निवेन्यू नहीं थी तो बहुत कम थी इनकम तो तो तो वो वो टैक्स पर फाइनल में सबसे ज्यादा और पूछो तुम कुछ पूछ पूछना चाहते हो तो वैसे वैसे तो बाद में चालू करो हाँ, भाई कवर पूरा किया लेकिन आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्टेड इसमें एमसीक्यू उसमें तो रेट पूछ लेगा रिटर्न पूछ लेगा भाई तीस से चालीस क्लास लग जाएंगे दोनों डी टी और जीएसटी में ज्यादा ही जाएंगे क्लास क्योंकि तो अगर मैं बीच में कंप्लीट तो एक भागा वैसे हो जाएगी मज़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में नहीं में। आप अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल से साइंस से हूँ वैसे तो मतलब मेरा जो बैकग्राउंड में मैथ साइंस लिया था तो अच्छी थी मैथ फिर मैंने बायोलॉजी ले ली ट्वेल्थ में पीएमटी में नंबर नहीं आया आई I मीन mean, उस पे बहुत पहले की बात है नंबर नहीं आया तो फिर मैंने सोचा बीकॉम कर लेता हूँ कुछ तो करें इसके बाद फिर बीकॉम करने बाद सी स्टार्ट किया कि बीकॉम करने बाद कुछ बचा नहीं मेरे पास फिर मैंने सी स्टार्ट किया था मतलब मैं कॉमर्स बैक से नहीं हूँ अगर इलेवेंथ ट्वेल्थ नहीं पढ़ा तो वैसे तो नॉलेज अच्छी है ठीक है सर ठीक है सर आपकी नेक्स्ट क्लास पानी पिला दो बस और ये आपका माइक माइकॉन में यहाँ लेकर आपके कोई बात नहीं